आप सभी मिस्टर बीस को तो जानते हैं मिस्टर बीस मनी गिवे करते कार गिव वे करते होम गिवे करते और, और कुछ तो सही दूर की बात है भाई लेकिन ये अपना प्राइवेट आइलैंड भी गिवे करते उसने बहुत पैसे डोनेट किए और मिस्टर बीस कहते हैं कि जो मेरी चैनल पे सब्सक्राइब करेगा उसे हर एक बंदे को वन मिलियन डॉलर ओनली वन डॉलर ठीक है ज़्यादा मत छो हर हफ्ते सबको मिलेंगे